आज हम लेके आ गए फिर से एक शानदार और धमाकेदार वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बहुत कुछ बताएंगे और बहुत कुछ समझाएंगे कि दोस्त पहले मैं अपने बारे में बताना चाहेंगे कि दोस्त मेरा नाम आकाश कुमार है और हमारा रुपया को शॉर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए बना देंगे पुष्पाज पुष्पा राज की लैपटॉप को उल्टा और सिला कैसे करते हैं मतलब लैपटॉप की डिस्प्ले को उल्टा और सीधा कैसे करते हैं अपने डिस्प्ले को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कैसे घुमा सकते हैं इसकी प्रक्रिया पूरा समझाएँगे आपके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का डिस्प्ले उल्टा हो जाता है सीधा उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा हो जाता है मगर किसी को नहीं मालूम चलता है इसको सीधा कैसे करते हैं इसको कैसे उल्टा करते हैं मगर इस वीडियो को भोले हिसाब से किसी के साथ प्रेम करना ना पता लगे किसी का उल्टा करें पे सीधा ना हो तो इसके लिए हम दोनों चीज़ें आपके प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस समझाएंगे और किस तरह से इसको करना होगा चीज़ को ध्यान रखें कि सबके साथ सबके लैपटॉप में ना करें जब आप हो या उसी के बाद ही करें वरना किसी का लैपटॉप हो गया उल्टा तो सीधा करना होगा मुश्किल तो हमसे यहाँ कहें कमेंट्स करके कि हमारी लैपटॉप की स्क्रीन सीधी ना हो रही है तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि अपने लैपटॉप की स्क्रीन को उल्टा कैसे करते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे फोटो को नहीं देखना है बल्कि हम जो करेंगे उसको देखना होगा आपके लिए यहाँ पे आपके लिए रिफ्रेश कर लेना आपका सिस्टम हल्के नहीं चलना चाहिए वरना पता लगे उसको सीधा करते करते आप परेशान हो जाओ यहाँ पे आपके लिए क्या करना होगा हो एड क्लिक करना होट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है स्क्रीन स्क्रीन पे आपको जाना होगा जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा लैपटॉप सब कुछ कर सकते हैं चाहे स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं बारीक तरह से मतलब ये सेटिंग को छिड़खानी आपको नहीं करनी है हमने बताया कि स्क्रीन को सीधा और लंबा कैसे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्टोमाइजेशन एक हमारा सेटिंग आ रहा है यहाँ पे करना है प्रोटेक्ट और कर देना लिए ओके ओके करने बन आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीन उल्टा हो गया है मगर आपके लिए इसी तरह से कहता है कि कीप चेंज तो कीप चेंज भी आपके लिए करेंगे हमारा पैसा का वैसा ही हो जाएगा क्योंकि हमारा मोबाइल बन चुका है हम देख सकते हैं कि लैपटॉप मोबाइल क्या करना है मगर करने से लिए यहां पे क्लिक करना है, फिर से आपको बहुत हिसाब किताब देख के ही इसको सही करना होगा वरना आपकी स्क्रीन तो गई वहाँ तो आप हो जाओगे परेशान ठीक करते करते हमने इसको मोबाइल बना के दिखाया हम दिखाते हैं इसको ऊपर या लेफ्ट राइट में कैसे लेके जाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा दूसरी साइड अब इसको भी दिखाते हैं हम आप क्लिक करके ओके तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन उल्टा ही हो गई है तो आप इसको फिर से सीधा करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे रिवार्ड हमारी स्क्रीन को वैसा कि वैसा मैं करके दिखा दे रहा हूँ वरना आप कैसे कहोगे कि ये उल्टा सीधा दिखा रहे हो बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे आपके लिए नीचे वाले पे आएंगे तो इसमें एक उल्टा हो जाएगा मतलब बहुत बेकार सा लगने लगेगा देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा इस तरह से मोबाइल बन गया है इसको करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तेरह सेकंड देता है। ये तेरह सेकंड के लिए आपको किस तरह से इसको सेट करना होगा वो आप अच्छे से देख सकते हैं ठीक है अरे मैं भी परेशान हो गया हूँ इसको ठीक करते करते कैसे ठीक होगा अरे आ जा ओके चलो ठीक हो गया मेरा आप फिलहाल ऐसा ना करें वरना आप परेशान हो जाओगे और ये प्रेम करना है तो बहुत हिसाब से अपने किसी दोस्त के साथ करें वरना आप खुद ही परेशान हो जाओगे सीधा करते करते फिर कहोगे कि ये क्या किया आप लोगों ने तो हम चलते हैं दोस्तों जय हिंद इस वीडियो को आपको कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में बताएं और हम इससे हाँसू हाँसू वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए